हाय वीवरस में तो उसके आपके साथ मेरी यूट्यूब चैनल जे के जे के ड्राई फ्रूट्स में आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे कश्मीरी ड्र... कश्मीरी अखरोट के बारे में ये जो अखरोट है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो अखरोट है इसको ये कश्मीरी अखरोट है सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये इसको पेपर वाल वाल कहते हैं यानी ये आसानी से तोड़ा जा सकता है विदाउट यूजिंग एनीथिंग ये अपने हाथों से भी तोड़ा जा सकता है ये उतना मुश्किल तोड़ना नहीं होता इसमें क्या ये बेस्ट क्वालिटी है मैं आपको एक तोड़ कर दिखाता हूँ ये मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ हाथ से मैंने तोड़ा ये देखिए इसमें ये हमने निकाले इसमें देखिए बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी ऐसी क्वालिटी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी और जो मैं जो ये मेरी यूट्यूब चैनल है मैं नया नया आया हूँ बाजार आया हूँ बाजार में तो अब मैं आपको बेस्ट प्राइस अवेलेबल करके दूंगा जो इस YouTube चैनल पर प्राइस होगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा देखिए और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ये बेस्ट क्वालिटी है देखिए और प्योर प्योर क्या है ये हाँ से थोड़ा ज्यादा सकता है आप देखिए मैं आपको यहाँ पर जो बेस्ट प्राइस दूंगा ये मेरी मैं आपको होम डिलीवरी अवेलेबल कर रहा हूँ यहाँ पर तो यानी मैं आग ओवर इंडिया आपको डिलवर कर सकता हूँ होम डिलीवरी इसमें अवेलेबल है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ अपना आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं विद इन फ्यू डेज मैं आपको अवेलेबल करके कर दूँगा आपके घर पर थैंक यू गुड बाय